हेलो गाइस कैसे हो आज मैं आपके लिए 20 बाई 20 का 400 स्क्वायर फुट का हाउस प्लान लेके आया हूँ तो वीडियो के साथ बने रहो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आपको अपना घर डिज़ाइन करने में कुछ आइडिया भी मिलेगा सो so, यही है प्लान गाइस देखिए मैंने कैसे इसको डिज़ाइन किया है इसमें जो मैंने वाल रखा है ये वाला मतलब जो सारा वाल है वो फाइव इंच का वाल होगा ये आपका वेंटिलेशन हो गया वेंटिलेशन इसमें ऑप्शनल है गाइस आप चाहे तो अपने हिसाब से भी रख सकते हैं ये अपना पहला बेडरूम हो गया टेन फीट इसका एसएल और नाइन फीट टू इंच ऐसा सेकेंड वाला जो बेडरूम है वो भी टेन फीट इसका ऐसा और नाइन फीट सेवन इंच ऐसा और जो किचन है हमारा ये अपना बाथरूम कम लेटरिन हो गया इसका ऐसा है फाइव फीट टेन इंच और ऐसा फाइव फीट ये हो गया हमारा किचन एट फिट नाइन इंच ऐसा और सिक्स फ़िट ऐसा अब हो गया अपना ये ये हो गया अपना ओपन स्पेस इसको मैंने डाइनिंग कम ड्राॅइंग रखा है जो एट फिट नाइन इंच ऐसा है और सेवन फिट फोर इंच ऐसा है इसमें आप यहाँ पे एक बाइक भी पार्क कर सकते हो यहाँ पे। और ये जो इस्पेस है ये है टू पॉइंट सिक्स फिट सॉरी टू फिट सिक्स इंच और यहाँ पे मैंने एक बेसिन रखा है वाश बेसिन ये जो एरिया है और ये हो गया अपना मेन गेट इंट्रेंस ये रखा है मैंने फोर फिट अब इसमें कॉलम्स देखिए इस कॉलम्स मैंने रखा है इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कॉलम्स है और कॉलम का साइज है टेन इंटू ट्वेल्व इंच और वॉल का साइज मैं दोबारा बता दूँ आपको वॉल का साइज है फाइव इंच और ये बिल्डिंग कॉस्ट इसका आएगा 6 से 8 लाख डिपेंड करता है आपके क्वालिटी एंड क्वांटिटी के ऊपर सो so यही है आज का प्लान गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो सिविल इंजीनियर बाय हार्ट ऐसे ऐसे मैं वीडियो लाता रहूँगा अपने YouTube चैनल पे जो आपको अपना ड्रीम हाउस बनाने में बहुत हेल्प करेगा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज सी यू इन एनऑदर वीडियो